दुख है निराकार है ज्योति तुम्हारी त्यू पहली उजियारी मुखमा शशी लट मुख मांशाल नेत्री केाह गुरक लगा खपर खप खड़ग विराजे जाको देख काल डर सोहे अस्त्र और शत्रु ही नगर को लोक में डंका बाजत उ नुम प्रेरक बीज शंखन सन हे महिषासन ती अभिमानी जी अतबर मैं खुला नी रूप करा काल का धारा से तुम तीर संतन पर जब जब भाई साधु तुम तब अमर बुरी अरबा सब लोका तब मही लो रहे अशोका ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी तुम्हें पूजे नर नारी प्रेम भक्ति से जो यश गावे दुख दर निकट नहीं आवे जावे तुम्हें जनर मनला जन्म मरण का को छुट जाए जोगी सूरी कहते पुकारि योग न हो शक्ति तुम शंकुर नो कामोर क्रोध जीती सबने ध्यान धरो शंकर को काहु काल नहीं तुमको शक्ति रूप को मरम न पायो शक्ति तप मन बचता शरणाम तुम की जय जय जय जगदम्ब मम प्रसन्न जगदम्बी शक्ति नहीं की निलंबा मोको मातु कष्ट तुम बिन कौन हरे दुख मेरा सतावे, सब शत्रु शत्रुनाश कीजे महारानी सुमीरो सुमिर तुम्हें भवानी करो कृपा मातु दयाला रिद्ध सिद्ध दे करो लियाला जब लग या फल तुम सुन सदा दुर्गा जो गावे सब सुख भोग परम पद पावे जय जय जय जगदंबिके ोर नको भक्ति दुख सो मे दुर्ग के 108 नाम अनंत भगवती के रूप और असंख्य हम के नाम उनके 1000 नामों वाला श्री दुर्गा सहस्त्र नाम तो है ही एक नामों वाला अष्टोत्तर शत शुत नाम भी लगभग उतना ही प्रभावशाली और भक्ति मुक्ति प्रदायक है मातेश्वरी पार्वती जी के प्रार्थना करने पर भगवती दुर्गा का ये प्रमुख 108 नाम भगवान शिव ने स्वयं इस क्रम में बतलाए थे माता सती साध्वी बफ्रीता भवानी भवमोचिनी हर दुर्गा जया आध्यात्र शूरधारणी पिनाकधारणी चित्राचंद्रघंटा मधव मने बुद्धि अहंकार चित्र मंत्र में सत्य सत्यासत्यान स्वरूपि अनंता भवानी भव्य भव्य शांभवी शांवी दैवता चिंता रतन प्रिय सर्विद्याण दक्ष विनाशिनी अपर्णा अनेक वर्णा पाटला पाटलावती पट्टारम परिधान कलमंजरिनी अमेय विक्रमाक्रूरा सुंदरी सुरसुंदरी वनदुर्गा मतंगी मतंग मुनिपूजिता ब्राह्मी महेश्वरी इंद्री कुमारी वैष्णवी चा नित्य कुमारी कैशोरी युवती यौा प्रोड़ा बल प्रदा महोदरी मुक्त कैश्री गोरूपा महावला अग्नि ज्वाल रौद्रूपी का, का सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्म सर्वशास्त्र में हे दुर्गा माता तेरी सरा ती ओ आ, तारे तेरी सराई मैया माता दे भक्त जनो भीड़ पड़ी है भारी मैया भीड़ पड़ी है भारी दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी सवारी सौ सौ सिंह से भी वर्षा है अष्टभूजाओ वाली दुखियों के दुख को नियो मैया हम सब उतारे दे पारती मैया बड़ा ही निर्मल नाता भूत कपूत सुने परिणाम माता सुनी को माता माता सब बे करुणा बरसाने वाल, वाली अमृत वाली दुखियों के दुख को मैया हम सब उतारे दी। तेरी आज नहीं मांगते नार ना लालत ना चांदी ना सोना मैया न चांदी ना सोना तो दोस्तों देखो मैंने पांच तरह के फल रख दिए हैं फूल रख दिया है और ये देखिए मैंने आलू का हलवा बनाएगा सांझी माता के लिए और वो मैं थोड़ा सा भोग जो है वो उसमें रख दूंगी और अब आ जाओ दोस्तों देखिए आज हमने नवरात्रि के रात के खाने में बनाया है क्या क्या ये बनाया हमने आलू का हलवा बहुत ही टेस्टी है और ये बनाया हमने पतला आलू का साग और ये है दही और यहाँ पे बनाया है हमने साबूदाने के मक्खी के चावल और ये है कुटू के चून की रोटी दो रोटियाँ ली हैं इसने और ये देखिए भर भर के ये खा रही है और ये रोटियाँ देखिए कितनी ज़्यादा सॉफ्ट इसमें ना आलू मिला रखा है इसने इसलिए ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है